मसूरी केकड़ा ख़त्म हो गया और अब खेके है। तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई हो पछे होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं ईस्टन पेरीफेरल तक जो कि डेहली देहरादून एक्सप्रेस वे का बहुत तेजी के साथ में वर्क चल रहा है एन में यानी कि ब्राउनफील्ड में और जो जगह है दोस्तों ये है डुंडेडा गांव और डुंडेडा से होते हुए निकलेंगे खेकड़ा होते हुए सीधा ईस्टर्न पेरीफेरल के लिए और उस बीच में कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो बने रहिए के संत के साथ में ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए दोस्तों तो चलिए चलते हैं बने रहो आप सभी एंड तक तो आपको बता दूं दोस्तों देख सकते हैं ये सारे मैं पिलर कैप बन चुके हैं और पीछे जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में वहां पर क्रेन मशीन भी रखी हुई है और जो आपको बता दूं और ये जो पिलर कैप के जो सेफ्टी बोर्ड हैं वो भी लगाए जाएंगे बिंग्स उनका जो सेटिंग का सामान है वो भी यहाँ पर लाकर रख दिया जा चुका है क्योंकि अब इनमें बिग्स जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों और जो बिग्स हैं वो पहले ही यार्ड में बना लिए जा चुके हैं और वहाँ से ट्रकों द्वारा आएंगे और यहाँ पर इनका पिलर बनाएंगे लोहे का और फिर उस पर वो इस बिंग्स को रख देंगे और रख देने के बाद में फिर उसमें सेप्टी केबल अंडर डाले जाएंगे और सेफ्टी केबल से फिर ये जोड़ दिया जाता है तो देख सकते हो जैसा कि ये ऊपर हॉल दिखाई दे रहे होंगे ना वो होल हैं और नीचे भी है इसमें होल इसी में सेप्टिकल बिंग्स को और सेप्टिकबल बिंग्स और ये पियर कैप को अंदर से डाला जाता है दोस्तों तब जाके उसे मजबूत किया जाता है जो इसके बिन्ग्स हैं और बहुत सारे इसमें जो सेफ्टी केबल हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं लेकिन पकड़ने में बहुत मुलायम होते हैं वो एक तरीके का तार होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों तो देख सकते हैं हम निकलते हुए चल रहे हैं और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एक एक्सीडेंट भी हुआ था दोस्तों और एक्सीडेंट कैसे हुआ था वो आप लोग अपनी आँखों से देखेंगे कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और तो आप लोगों से गुजारिश है रिक्वेस्ट है कि ये थ्री व्हीलर में ऑटो में थोड़ा सही से सा बैठा करें क्योंकि बहुत जल्दी ये पलट जाते हैं लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई थी बच गए थे लोग तो आप लोगों का आगे देखने के लिए मिलेगा देखिए ये जो ऑटो जा रहा है यही पलट जाता है आगे जाके क्योंकि आगे भैंस सामने आ जाती है लेकिन ये रोक नहीं सकता उसको बस भगाए जा रहा भगाया जा रहा देख सकते आप हो आप होगा देखो किस तरीके से होता है एक्सीडेंट वो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये पलटेगा देखो देखो ये पलट गया ये देख सकते हो और इसमें दोस्तों दो बच्चे थे और पेरेंट्स थे लेकिन किसी के चोट नहीं लगी बच गए ड्राइवर भी बच गया था दोस्तों तो ये ही शुक्र है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी थंत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों के संत लाता रहता है आप सभी लोगों के बीच में और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों तो आप सभी एंजॉय करो देख सकते हो यहाँ तक ये पीयर कैप बना लिए जा चुके हैं आगे ये पीयर कैप बनाए जाएंगे दोस्तों और आगे आ जाएगा मंसूरी खेखड़ा तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन यार्ड है इनका जो कि इन पर पीआर कैप बनाए जा रहे हैं उनका तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। इसमें दो टाइप से पीयर कैप बनाए जा रहे हैं एक तो बिल्कुल सीधे सीधे बनाए जा रहे हैं जो सरियों का जाल बना के पूरा ही पूरा बनाया जाएगा और कुछ जगह तो इसमें इनके जो सेगमेंट है मतलब कि जो बिंग्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है पियर कैप में तो यही काम चल रहा है दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और जो यहाँ पर ये जो गाँव है ये है मंसूरी ठीक है खेकड़ा मसूरी गांव है यहाँ पर देखो सारे में पियर कैप बनते हुए जा रहे हैं आगे तो चलते हैं और आप सभी को आगे चल के दिखाते हैं दोस्तों ठीक है मसूरी खेकड़ा ख़त्म हो गया और अब खेकड़ा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो आगे दिखाते हैं चल के कि कितने पियर कैप बन चुके हैं तो आप देखने के लिए बने रहिए केपी के, तो के साथ में दोस्तों चलो चलते हैं और तो दिखाते हैं आप लोगों को देख सकते हैं गाइस किस तरीके से ये पीयर कैप का काम किया जा रहा है पीयर कैप बहुत तेज़ी के साथ में बनाए जा रहे हैं ब्राउन फील्ड एरिए में अब मसूरी खेखड़ा ये गांव है देख सकते हैं यहां पर ये सेटरिंग लगा दी है और किस तरीके से ये पीयर कैप बनाया जा रहा है सरियाओं का जाल बना के देख सकते हैं ये बन गया दूसरा ये भी बन गया दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। इसमें कॉन्क्रीट भर दिया है इन्होंने अब इसमें ये सेफ्टी केबल भी इसमें लगा दिए हैं देखो ये पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो गया इसमें कॉन्क्रीट भर के और ये मजबूत होगी इसमें पानी डालने का काम चल रहा मजबूत किया जा रहा है और ऐसे ही आगे भी बन चुके तो काफ़ी सारे ये बन चुके हैं आपको बता दूं दोस्तों क्योंकि मंसूरी खेकड़ा पीछे ख़त्म हो गया अब खेकड़ा गांव स्टार्ट हो चुका है तो खेकड़ा गांव का मार्केट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हैं कितने सारे ये पीयर कैप के बन के कंप्लीट हो चुके हैं बन जैसे, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं और वैसे ही वैसे यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग का भी काम इस्टार्ट हो चुका है गाई तो बहुत तेज़ी के साथ हम इस पर बनाया जा रहा है देख सकते हो यहाँ पर ये यह क्रेन मशीन खड़ी हुई है तस्वीरें देख सकते हो और यहाँ पर ये यह सारा काम अब यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे ये पियर कैप बनाते जा रहे हैं कंप्लीट होते होते जा रहे हैं उसी तरीके से तो फिर इसके काम को बढ़ाते जा रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पर ये यह सरियाओं का जाल बना दिया पीयर कैप का देखो कितनी टीम लगी हुई है दोनों पे और ये पहले ये इसको बनाते हैं जाल को फिर इसमें इसमें कंक्रीट भरा जाता है दोस्तों तो यही और ये मार्केट स्टार्ट हो चुका था हो चुका है खेकड़ा गांव का दोस्तों आगे का तस्वीर दिखाते हैं चल के दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीर है यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम था वो कम्प्लीट हो चुका है देख सकते हो ये मिट्टी की लेयर डाली जा रही है यहाँ पर और उधर देख सकते हो इन्होंने ब्लैक टॉप भी कर दिया है अब ब्लैक टॉप देखो वो हो गया है सारा ये बनके के हो चुका है तो आप लोग बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को ये रैम्प बिल्कुल बन कंप्लीट हो चुका है तस्वीर आप लोग देख सकते हो वो वहाँ पर ब्लैक टॉप किया जा रहा है दोस्तों और इधर ये कंक्रीट की लेयर डाली जा रही है इसको यहाँ पर भी ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीर है तो यही सीन है यहाँ का देख सकते हैं गाय ये रोरी बजरी की लेयर को इसको एक सार किया जा रहा है और जो आपको बता दो रैंप पे ब्लैक टॉप का, का काम किया जा रहा है ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है अब इस पर सेकेंड लेयर बिछाई जा रही है ब्लैक टॉप की इस रैम्प पे और यहाँ से ये रैम्प स्टार्ट हो जाएगा ये एलिवेटेड हो जाएगा दोस्तों और मेरे पीछे है ईस्टान पेरीफेरल तो वो भी आप लोगों को तो दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है और देख सकते हैं ये कंक्रीट को ये लेबिल किया जा रहा है देखो ये मशीन लगी हुई है ये लेबल कर रही है इसको और वो सामने चमक रहा है ईस्टान पेरीफेरल का और जैसे इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही बागपत स्टार्ट हो जाएगा तो यही सीन है यहाँ का तस्वीरें देख सकते हो इधर की साइड में तो आपको बता दूं कि ये आउट एरिया पड़ता है तो इस वजह से काम को बहुत तेजी के साथ में कर लिया जा चुका है दोस्तों देखो मशीन किस तरीके से यहाँ पर ये लेबल कर रही है ये रोरी बजरी को दोस्तों रोरी बजरी को कंप्लीट होने के बाद में इसको एक सार करने के बाद में फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और ब्लैक टॉप कर देने के बाद में दोस्तों ये बनकर कम्प्लीट हो जाएगा और ईस्टर्न पेरीफेरल वो सामने चमक रहा है आप सभी को देख सकते हैं वो स्टिन पैरी फिरल जा रहा है और हमारे एनसीआर का ये रिंग रोड है दोस्तों इसे रिंग रोड क्या सक कह सकते हैं कि जितने भी जो ट्रक हैं जो भारी भरकम वाहन हैं जो लोडेड वाहन हैं वो आप लोगों को बता दूं कि एनसीआर के बगल बगल से ही आ सकते हैं एनसीआर में घुसने की जरूरत नहीं है जब एंट्री खुलेगी तब एन के अंदर भी आ सकते हैं तो यही सीन है देख सकते हो ये रोरी बजरी की लेयर को ये एक सार किया जा रहा है और एक सार कर देने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा जैसे कि रैंप पे ब्लैक टॉप कर दिया है और ये भाई देख सकते हो ये सब्सक्राइबर है मेरे देख सकते हो ये हाय हेलो कर रहे थे ये देख सकते हो तस्वीर क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ तो आप लोग बताना कि आप सभी को के पी संत द्वारा वीडियोस कैसे लगते हैं आप सभी को अच्छे लगते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियोस को और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों देख सकते हो ये सारे पर ही अभी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट की, की जो लेयर है वो बिछाई जा रही है अभी इसको लेबिल किया जा रहा है और लेबल कर देने के बाद में फिर इस रोड लोलर चलाया जाएगा रोड लोलर चलाने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों यही सीन है यहाँ का और ये यह यहाँ पर आपको बता दूँ कि ईस्टर्न पेरीफेरल ये बा, बागपत बॉर्डर है दोस्तों ये बॉर्डर एरिया है और जैसे हम दहली के साथ में चलेंगे तो पहले खेखड़ा गाँव पड़ेगा फिर उसके बाद में मंसूरी फिर इसका मंडोला बिहार मंडोला बिहार के बाद में दोस्तों फिर आ जाएगा क्या पाबी पुश्ता तो यही सीन चल रहा है तो आप लोग बताना कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें खराब लगा हो फिर भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताया करोगा इस और लाइक शेयर करो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर किया करो और ऐसे ही मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच में वीडियो लाता रहता हूँ तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक